अकेले तो हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से कसम से मैंने बाधिल कैसी बोले मैंने बाधी कैसी बोले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 सजना तेरे बिना तेर बजना तेर कैसा पल, फिसल जाके ग क्यों करती मैनू जजदा नहीं कि संभाल करती है ना मैं सुनता